आप में से कुछ लोगों का ये वीडियो देखने के बाद गायन जलने वाली है अगर आप भी ये समस्या से जूझ रहे हो तो मिर्सा पाउडर एक दिन में चार बार यूज करें पर अपनी जिम्मेदारी के साथ तो आ गए आप लोग आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय इंसान के बारे में और वो है ये क्या खुद करता है हम लोग बात करते हैं ये चचा के बारे में ये चचा अपने आप को ये बुलाते हैं जो मेरा चैनल का नाम है बताइए क्या कर लेंगे अरे हम तो फकीर आदमी है चल पड़ेंगे जी। तो, हिंदुस्तान का 135 करोड़ जनता की आबादी वाले इस देश का प्राइम मिनिस्टर फकीर दो लाख का एक दिन में पांच सूट पहनने वाला व्यक्ति फकीर अस्सी रुपए का मशरूम खाने वाला व्यक्ति फकीर और ये कौन सा फकीर है जिनको आईफोन पसंद है अगर इन्हें हम लोग फकीर कहेंगे तो ये कौन है ये कौन है नहीं नहीं बताओ ना ये कौन है और आपको पता है इनका यही खत्म नहीं हुआ आगे सुनिए ऐसा नहीं है कि सरकार आखिर किसके लिए है ये सरकार गरीब के लिए है ये गरीबों को समर्पित सरकार है अच्छा ये गरीबों की सरकार है तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प जब इंडिया आए थे तो गुजरात की गरीबों को छुपाने के लिए दस फीट का वॉल क्यों उठाया था नहीं बोलिए ना क्यों उठाया था पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा तो बताओ पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुए या फिर नहीं हुए मैं बताता हूं हाँ कम हुए है ना 90.6 पॉइंट रुपया पर लीटर हो चुका है पेट्रोल के दाम और ये महापुरुष कह रहे हैं कि कम हुए या फिर नहीं हुए आपको पता है मेरा दिल और मन दोनों जोर जोर से रहा है बाइक लेने के लिए लेकिन मैंने दिल और मन को दोनों को ही बोला अभी लॉकडाउन चल रहा है तो रूम के अंदर ही रॉक रह सेफ रहेगा और आपको पता है उम्र होने के बाद ना इनका दिमाग सटिया गया है कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं क्या आपको यकीन नहीं आया तो आगे देख लो सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना फ्यू मोमेंट्स लाइट इतने बड़े विशाल जनसमूह का हमें आशीर्वाद मिला हो ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को और फिर ये कोरोना की दूसरी वेव फान बनकर आ गई आई नहीं है मोदी जी लाई गई है और अब आते हैं बंगाल इलेक्शन पर विकास हुआ है ना होगा तो, तो प्लीज ये मेरी इस का फकीर चैनल का यह पहला वीडियो है तो जोरों जोरों से आप लोग मुझे सपोर्ट करें और तगड़ा आने वाली है ये मैं आपको यहां पर हिंट। दे देना चाहता हूं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ क्या करना है क्या करना है वो आप जानो लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में